जीवन की यह छह बातें आपको बहुत काम आने वाली हैं। पहला अपने अतीत को लेकर शांत रहें, जो हो हो। हो। गया सो हो। अब ऐसा करें कि वर्तमान खराब ना हो। दूसरा, दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं ये आपका विषय नहीं है तीसरा समय लगभग सब कुछ सही कर देता है तो हर चीज को समय दें। चौथा दूसरों से अपने जीवन की तुलना न करें और ना ही जज करें पांचवा किसी ने भी आपकी खुशी का ठेका नहीं ले रखा सिवाय आपके छठा मुस्कुराइए क्योंकि दुनिया की सारी समस्याओं के स्वामी आप नहीं हैं